डर सबको लगता है गला सबका ठूखता है पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे तो ड्यू उठाओ और डर को पी जाओ माउड इन ड्यू करके आगे जीत है